किसान नेता और कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला है कमल पटेल ने कहा कमलनाथ और, और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता और किसान भाइयों को धोखा दिया है जिसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगना चाहिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने बयान में कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता और किसान भाइयों को धोखा दिया है उनको अपने इस किए पर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए प्रदेश के हर वर्ग ने कमलनाथ और कांग्रेसी सरकार को बद हैं जिसके कारण कमलनाथ बाबू की कुर्सी चली गई कांग्रेस की सरकार गिर गई वहीं दुआओं से हमारी सरकार बन गई है उन्होंने कहा हजार पेंशन मिली क्या एक भी कोई दैनिक वेतन होगी रेगुलर हुआ क्या कुछ नहीं हुआ सिर्फ धोखा देकर सरकार में आना और इसलिए जब जनता के साथ धोखा हुआ हर वर्ग ने जब बद कमलनाथ को और कांग्रेस की सरकार को तो वह सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान जी को साढ़े आठ करोड़ जनता ने दुआएं दी तो वापस मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश और गरीबों का किसानों का कल्याण कर रहे हैं कमलनाथ तो हाय सत्ता कर करके कर कहीं नहीं जा रहे सिर्फ ट्विटर के अंदर घुसे हुए हैं ट्विटर करने के अलावा कोई काम नहीं ट्वीट करने के अलावा और इसलिए विकास नहीं हुआ प्रदेश का बर्बाद कर दिया पंद्रह महीने में जो शिवराज सिंह जी ने पंद्रह साल में मध्य प्रदेश को कड़ा था वो पंद्रह महीने में डुबो दिया ये तो सौभाग्य है आप सबका हम सबका मध्य प्रदेश का कि पुणे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी आए और सात दिन के अंदर किसानों का प्रीमियम जमा किया उसके कारण किसानों को बीमा मिलना शुरू हुआ संगीत की सांस्कृतिक ताने पाने तक चंबल के पीड़ो से नक्सलवादियों के गढ़